कि कौन कौन से एक्टर से आप बहुत बहुत ही हैं, हैं, हैं। जिनकी आप आप फिल्में देखते हैं, जिनकी आप बहुत बड़े फैन हैं। एक... तो मैं बहुत सारे एक्टर्स का फैन हूं, सलमान भाई शाहरुख सर आ, आमिर भाई एक टाइम पे जब घोने ना आ रहे थे ऋतिक सर का बहुत बड़ा फैन था मैं अब नहीं हूं अभी भी <laughs> अरे